हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको आस्तीन से फ्रिल लगाना सिखाऊंगी आस्तीन से फ्रिल तो सभी लगाते हैं लेकिन ये मेरा तरीका जो है वो आपको बताने जा रही हूँ इस पर ब्रेक में आपको कुछ एकदम साफ सुथरा लगेगा तो इसके लिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक गोल्डन कपड़ा लेंगे उस तो कपड़े को दो इंच न हमें लगानी है जित जितनी इंच की भी हमें फ्री लगानी है उतना कपड़ा लेंगे अपने अनुसार वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने दो इंच का लिया है अब हम इसको नापेंगे और ये दो इंच की आस्थिन करीब दो इंच की लेंगे डेढ़ इंच की लेंगे जितनी अपन को लेनी है उतनी ले लेंगे तो ये मैंने डेढ़ पौने दो पौने दो इंच की ली है इसको हम कट करेंगे अब तो हमें इसकी फ्रिल बनानी है ये देखिए सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा गेप छोड़ देंगे तो देखिए इतना हम गेप छोड़ देंगे उसके बाद हमें यहाँ से रिल बनानी स्टार्ट करनी है ये इस तरह से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है बहुत ही आसान है ये हमारी फ्रिल बन चुकी है अब इसको हम आस्तीन पर कैसे लगाएंगे बताती हूँ आपको ये देखिए ये हमारी आस्तीन है और इस पे हमें ये फ्रिल लगानी है अब इस आस्तीन को हम उल्टा करेंगे और फ्रिल को इस तरह से रखेंगे जितना हमें लंबाई चाहिए फ्री की उतने हम ले लेंगे इसमें और जितनी दबानी है उतनी अंदर कर देंगे ये कच्ची सिलाई ही, ही लगाएंगे इसमें हमें पक्की सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है ये देखिए इस तरह से हमने हमारी फिल को लगा लिया है अब इसको इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे इसके नाप की हमने एक लेस काट रखी है पहले से ही अब इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे ये देखिए ऐसे हम अपनी लेस को रखेंगे इसके ऊपर और अपना स्टार्ट करेंगे एक सिलाई और ऊपर लगा देंगे में हैं दोस्तों इससे ब्लाउज के लुकिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है बहुत ही प्यारा लगता है ब्लाउज मैं आपको एक सिलाई लगाकर बता देती हूँ देखिए पीछे से भी कितनी सफाई से वो लगी हुई है ना कोई इसमें टार वगैरा निकल रहे हैं ना धागा निकल रहा है और ये सामने से यह हमारी फ्रिल तैयार है पास्ट की फ्रिल आप भी ट्राई कीजिए एक बार इसको जरूर धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए कृपया ऐसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें